आज हम आपको पोट्री यानी नीमट के बनाने का गेम या बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाने का गेम खेलना सिखाएंगे सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे यहाँ पर हम सर्च बार में लिखेंगे पी ओ टी टी ई आर वाई सर्च का बटन दबाएंगे। फिर ये ऊपर ही ऊपर जो गेम आता है लेट्स क्रिएट पोट्री लाइट इसे इंस्टॉल करेंगे ये लगभग चालीस एम का गेम होगा ये देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है अब हम इसे ओपन करेंगे ओपन करने के बाद सबसे पहले ये इनबॉक्स बटन पर जाएंगे ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होंगे हेलो दोस्तों वगैरह हमें यहाँ पर जल्दी से खेलने के लिए एक्जिट पर क्लिक करेंगे फिर ये क्रिएट का ऑप्शन है यहाँ क्लिक करेंगे अब ये जो मिट्टी नुमा आग करती है इसे स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ जैसे हम बिलेंगे दबा अब इसे बिहार की तरफ करें इसे स्लो करने के लिए इसे मन चाहकार दे सकते हैं अब हम कुछ अलग सा बनाने की कोशिश करेंगे थोड़ी समस्या कर रहा है धीरे से आज हम इसका एक मटका से तैयार करेंगे ऐसे नीचे लाइड करेंगे तो कुछ अलग ही आकृति बनती जा रही है ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे खोल लेंगे बीच में से खोलेंगे और ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठाएंगे, और ऊपर उठाएंगे। और अंदर की तरफ मोड़ेंगे ऊपर से उसके किनारे बनाएंगे नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे मीन्यू बटन पे क्लिक करेंगे वापस जाएंगे अभी आग में पका देंगे यहाँ होने वाला है रेडी ये रेडी हो चुका है अब हम इसे रेडी का ऑप्शन दबा के बेचेंगे अब हम इसे बेचेंगे ट्रेल कर दी जाए देखते देख कर हम्म, हम्म, मिलेंगे रुपये नहीं बताएंगे अच्छी कोशिश कर लग जा रही है पहले कोई नहीं इसी प्रकार हम दूसरा भी बना सकता इनबॉक्स में इंस्ट्रक्शन है क्रिएट पे दोबारा क्लिक करेंगे मैन्यू बटन पे जाएं। शॉपिंग करें कलर कलर खरीदेंगे खरीदेंगे खरीद लिया दोबारा से एक कुछ बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे सिलाई करेंगे क्या बनता साइड में रख देंगे ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जैसे तो ये मेल में लिखा रखा है यहाँ पर अंगुलियों से स्लाइड करेंगे ये कुछ कुछ ऐसा ही तैयार हो जाएगा कार थोड़ा पतला करेंगे नीचे स्लाइड से लाइड करके क्रिएट करेंगे देखिए कुछ कुछ वैसे ही तैयार हो गया इसे आग में पकाएंगे सेकंड से हो जाएगा ये सबका तैयार हो चुका है अब करेंगे हमारे पास ग्रीन रंग है सो इसे स्लाइड करते हुए रंगीन बनाएंगे कुछ तो शानदार रंग का बार करेंगे तो आप यहाँ जैसे जैसे आगे खेल तो जाओगे आपको और ऑप्शन शॉपिंग करने की के लिए देगा हमारे पास केवल एक रंग है तो हम इसी से काम चलाएंगे सा है लेकिन बंद कर तैयार हो चुके ब्रश पे करेंगे। ये थोड़ा रंग अगर गलत लग जाए जा तो उसे जा सकता है फॉल्ट एग्जिट करते हैं अभी रेडी है इसे सेल कर दिया जाए ओके रेडी है अब सेल करेंगे इसे लेट्स सेल इट जस्ट बार में बारह रुपये से पैतीस पैसे तो इस प्रकार बाद हम इस खेल सकते हैं आगे भी अलग रही है ठीक अच्छा। है